फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि परिधावी नामक विक्रम दो हजार 1941 सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर चौतीस छह बजकर तीन मिनट पर 29 फरवरी दिन रहेगा शनिवार नक्षत्र रहेगा भरड़ी दर्शकों और करण रहेगा बालो कौलो और अंतिम करण जो आएगा ये आएगा तैतिलकरण वही ब्रह्म और इंद्र योग रहेगा दर्शकों शुभ समय पर आ जाते हैं कि शनिवार के दिन कौन सा समय कार्य करने के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा शुभ रहेगा तो प्रातः ग्यारह बजकर चौवन मिनट से लेकर के और बारह बजकर के बयालीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त का रहेगा इन दौरान आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं अशुभ समय पर वहीं आ जाते हैं तो आज का जो राहुकाल रहेगा सुबह नौ मिनट से और दस मिनट तक का रहेगा चंद्रदेव की यदि हम बात करें तो मेष राशि में चलायमान रहेंगे वहीं सूर्यदेव कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे दर्शकों शनिवार दिन रहेगा और पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा तो एवॉइड करिएगा पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना यदि किसी कारणवश करनी पड़ जाए तो प्रयास आपका ये रहना चाहिए कि आप अदरक का सेवन करके यात्रा कर सकते हैं अदरक वाली चाय पी सकते हैं इलायची का आप सेवन कर सकते हैं और पहले पूर्व दिशा की ओर ना जा करके आप पश्चिम की ओर चार पक चलिएगा तंत पूर्व दिशा की ओर आप त्रा करिएगा तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब बढ़ते हम अपने राशिफल पर कि मेष से लेकर के के सौभाग्य में वृद्धि लेकर आया है मुंबई में हमसे मिलना चाहते हैं पर्सनली तो आप लोग हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो दर्शकों राशिफल में जो हमारी पहली राशि आती है यह आती है मेष राशि के तो मे जातकों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है आज ईश्वर की मदद से आपके कई सारे काम बनेंगे जिनकी वजह से आज आपका मन बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेगा आज आपके पारिवारिक कार्य भी सिद्ध होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आर्थिक तौर पर आज मेष राशि के जातकों को मजबूती प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है दांपत्य जीवन में लेकिन थोड़ा सा संबंधों में तनाव रह सकता है तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को बचाना रहेगा संतान के लिए समय बेहतर रहेगा प्यार के मामलों में आज आपको सफलता मिलेगी आज कानून के विरुद्ध कोई कार्य मत करिएगा अन्यथा आप लोग दंड के भागी हो सकते हैं परेशानी में पड़ सकते हैं नौकरी में स्थानांतरण के योग बन रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो शनिवार दिन रहेगा आज आप लोगों को जो है सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा गंगाजल और तुलसी की पत्ती जो है तुलसी दल का तुलसी की पत्ती का आप लोगों को सेवन करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो वृषभ राशि के जात आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर रहेगा थोड़ा सा ध्यान देना आज आपको बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा मानसिक तनाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्वास्थ्य कुछ आज आपका ढीला रह सकता है कमजोर रह सकता है खर्चों में अधिकता होने से आज आर्थिक स्थिति पर आपके बोझ पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है दांपत्य जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों से आपकी कहा संभव है आप अपने विरोधियों पर आज भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो वृषभ राशि के जात को आपके लिए शुभ संकेत है आज के दिन आपकी कार्यकुशलता अपने चरम पर होगी आज आपको कोई जो है मतलब अनुभवी व्यक्ति मार्गदर्शन प्रदान करता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ आज का दिन सरकारी क्षेत्रों में सफलता का दिन है इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज प्रातःकाल पीपल के वृक्ष पर जाकर के आपको मीठा जल मतलब जल में थोड़ा सा शक्कर डाल करके अर्पण करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं क्योंकि हमारी राशि चक्र की अगली राशि है तीसरी राशि है मिथुन राशि मिथुन राशि के जातकों देखिए आज का दिन आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा आज आपको कोई जो है क्या कहते हैं नया जॉब मिल सकती है कोई नई नौकरी मिल सकती है कोई नए रोजगार का सृजन हो सकता है आज आपके इनकम में बढ़ोतरी के संकेत सितारे दे रहे हैं वहीं आज आपको प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी लेकिन उतावलेपन या जल्दबाजी से आज आपको बचना रहेगा और आज बहुत ही ध्यान से किसी दूसरों की बातों को भी समझने की सितारे सलाह दे रहे हैं अन्यथा कुछ गलत फहमी हो सकती है संतान सुख आज आपको उत्तम रहेगा इसके अतिरिक्त दांपत्य जीवन में कुछ चुनौतियों के बावजूद प्रेम जो है आप लोगों के बीच बना रहेगा कार्य क्षेत्र में बदलाव का प्रयास कर सकते हैं और आज के दिन कुछ लोगों को नौकरी में स्थानांतरण और कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी का भी योग दिखा रहा है मिलता हुआ उपाय के तौर पर करना क्या है शनिवार दिन रहेगा आप लोगों की ढैया भी चल रही है तो आज आप लोग प्रयास करिएगा कि दशरथ के शनि स्त्रोत का पाठ करिएगा साथ ही साथ आज पीपल के वृक्ष पर शाम के समय एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जरूर जलाइए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छः राशि फल की जो हमारी अगली राशि आती, आती है आती है कर्क राशि देखिए कर्क राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है आज आपका पूरा ध्यान आपके काम पर रहेगा और इससे बेहतर नतीजे आज आपको प्राप्त होंगे प्रॉपर्टी के मामलों में भी आज कोई लाभ हासिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है परिवार में थोड़ी सी गर्मा हो सकती है लेकिन फिर भी स्थिति आज आपके नियंत्रण में रहेगी आज अपने विरोधियों से सावधान रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं संतान के लिए आज का दिन बेहतर होता हुआ दिख रहा है प्रेम संबंध में आज किसी नए प्रेम का प्रादुर्भावन होगा आगमन होगा साथ ही साथ किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज, आज आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत ज्यादा सहयोग जो है मतलब करेंगे उपाय के तौर पर आप लोगों को करना क्या रहेगा देखिए कर्क राशि के जात को ब्लैक कलर को तो बिल्कुल आज, आज आप लोग व्हाइट कर दीजिए पहली चीज दूसरा कि आज, आज आप लोग तिल जो काला तिल होता है इसका दान आपको धर्मस्थान पर करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छे सिंह राशि के जातकों कैसा रहेगा आज का शनिवार का दिन तो देखिए आज का दिन आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है किसी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है और ये यात्रा आपके फेवर में रहेगी आपके लिए लाभकारी रहेगी मान सम्मान में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है और कार्यक्षेत्र में देखिए कुछ हल्का फुल्का आपको तनाव हो सकता है प्रेम के मामलों में आपको सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं किसी तीसरे का हस्ताक्षेप आपके प्रेमी जो है जीवन में परेशानी का कारण सबक बन सकता है स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आज के दिन सितारे सलाह दे रहे हैं दांपत्य जीवन आज आपका मधुर रहेगा बेहतर रहेगा और जीवन साथी आज आपकी बातों को समझेंगे आपकी फीलिंग्स को आपकी इमोशन को समझेंगे आज यात्राओं का योग बन रहा है आज के दिन को शुभ बनाने के लिए विशेष उपाय क्या है सिंह राशि के जात को तो देखिए आज आपको करना क्या रहेगा प्रातःकाल जल्दी उठना है और माता पिता के चरण छूना है साथ ही साथ यदि हो सके तो आज के दिन आप लोग सुंदरकांड का पाठ जरूर कर लीजिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक राशिफल में हमारी अगली राशि का जो नंबर आता है ये आता है कन्या राशि का तो कन्या राशि के जात आज का दिन थोड़ा सा आपके लिए कमजोर रहेगा आपका मन थोड़ा बेचैन रहेगा मानसिक तनाव में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है आज कार्यों में सफलता मिलने में थोड़ा सा संदेह रहेगा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं छोटे भाई बहनों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा और वे आज आपकी आर्थिक तौर पर सहायता भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं परिवार में माता पिता का सहयोग मिलेगा लेकिन माता पिता का स्वास्थ्य कुछ आज डाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों पर विश्वास करना आज आपके लिए बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को करना क्या है तो देखिए आज बाहर का कुछ तला भुना मत खाइएगा न्यथा स्वास्थ्य आपका डाउन हो सकता है दूसरा की करना ये रहेगा कि आज के दिन आप लोगों को शनि चालीसा का पाठ करना रहेगा और गाय को यदि हो सके तो आज हरा चारा आप लोग जरूर डालें उसमें काला नमक डाल दीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन लिब्रा की ओर चलते हैं तुला राशि की ओर चलते हैं क्योंकि तुला राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है तो इनके लिए आज विशेष उपाय रहेगा देखिए तुला राशि के जातको आज के दिन आपको बढ़िया नतीजे मिलेंगे और आज आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा आज का दिन दाम्पत्य जीवन में खुशियों और प्रेम को बढ़ाने वाला दिन रहेगा और आप और आपके दाम्पत्य जीवन में आकर्षण भी बढ़ेगा प्रेमी युगल को भी साथ में आज समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा आज का दिन देखिए सबसे अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स वर्ग के लिए विद्यार्थियों के लिए आज यदि किसी एग्जाम में आप लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ आपको सफलता मिलेगी या कोई एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हैं उसमें आप सफल होंगे आज आपके घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है और आज का दिन कुटुंब के लोगों के सपने पूरा करने का दिन रहेगा तो बेहतर दिन रहेगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय क्या रहेगा तो प्रातःकाल सुबह जल्दी उठिए गंगा जी का आपको जल लेना है तुलसी जी का दल लेना है और साथ ही साथ मार्कंडे कृष्ण शनि स्त्रोत का आज आपको पाठ करना रहेगा देखिए अगर ये नहीं मिलता है हमारे फेसबुक पेज पर जा करके आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर आप लोगों को मिल सकता है ये चीज़ें जो है वहाँ पर पड़ी हुई ऑलरेडी शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ अगली राशि आती है यह आती है वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है मानसिक तनाव में वृद्धि होगी और थोड़े खर्चे भी आज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में आज आपको विजय मिलेगी आज विरोधियों को परास्त करते हुए वृश्चिक राशि के जातक दिखाई दे रहे हैं कार्यक्षेत्र में सफलता के संयोग है दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव होने की संभावना रहेगी आज अपने साहस के बल पर वृश्चिक राशि के जातक अनेक चुनौतियों से का सामना करेंगे और कई परेशानियों से ये बाहर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी यात्रा पर जाने का भी योग बन सकता है उपाय क्या करना रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि तिल वाले जो लड्डू होते हैं वो लेकर के आप लोग गाय को खिला दीजिए यदि नहीं मिलते हैं तिल के लड्डू तो तिल और गुड़ मिक्स करके आप लोगों को गाय को खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ धनु राशि के जातकों कैसा रहेगा आज का दिन देखिए फटाफट आप लोग लाइक कीजिए देखिए नए हैं हमारे चैनल पर आप लोग तो सब्सक्राइब करना बनता है इस चैनल को बगल में बना बेल आइकन दबाइए और इस रविवार पुनः रात्रि दस से ग्यारह बजे हम आप लोगों के बीच लाइव होंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे आपकी शंका का समाधान करेंगे साथ ही साथ वार्षिक राशिफल पड़ चुका है शनि का राशि परिवर्तन पड़ पर चुका है नौकरी में यदि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा उससे संबंधित एक वीडियो हमने डाल दिया आप लोग जा के हमारे चैनल पर देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे उपाय करके आप नौकरी में आसानी से प्रमोशन पा सकते हैं जॉब पा सकते हैं तो खैर राशि की ओर बढ़ते हैं देखिए धनु राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है प्यार के मामले में आज आपको अच्छे अनुभव होंगे अच्छे संकेत मिलेंगे आज के दिन आमदनी में वृद्धि होने की अच्छी संभावनाएं रहेंगी अचानक से धन प्राप्ति होने की आपको संभावना रहेगी किसी कलात्मक कार्य में आज आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है आज आपको ऑफिस में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कोई नया पदभार मिल सकता है जो की आपके लिए बड़ा ही मान सम्मान का कारण रहेगा आज पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा मन में आपकी चिंता रहेगी प्रतिकूल रहेगा आज आपको जो है यात्राओं पर जाते समय अपने लगेज का ध्यान रखने की सितारे दे रहे हैं आपका सामान इत्यादि चोरी हो सकता है विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में खूब लगेगा जी हां, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा धनु राशि के जातकों को तो देखिए धनु राशि के जातकों आज आप लोगों को प्रयास ये करना है कि रुद्राष्टक के पाठ से भगवान भोलेनाथ पर जल में काला तिल मिला करके अभिषेक करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ अगली राशि पर बढ़ते हमारी अगली राशि आती है या तो जी हाँ मकर राशि मकर राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा और काम के सिलसिले में भी आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है आपकी बातों को आज सुना और समझा जाएगा तथा आपकी पदोन्नति मिलने के साफ साफ संकेत सितारे यहाँ पर दे रहे हैं पारिवारिक जीवन भी शांतिपूर्वक रहेगा और आज माता से आपका स्नेह अधिक रहेगा जी हाँ यदि अविवाहित है तो किसी विवाह के प्रस्ताव आ जाते हुए दिखाई पड़ उनमें आप बन सकते हैं साथ ही साथ आज मानसिक रूप से प्रसन्न दिखेंगे और इसका प्रभाव आपको हर क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा कोई प्रॉपर्टी यदि लेने की सोच रहे हैं तो इसमें आज के दिन आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा चूंकि शनि की साढ़े साथी भी आपके ऊपर चल रही है तो देखिए आज के दिन आप लोगों को प्रयास करना है दशरथ कृष्ण शनि स्रोत का तीन बार पाठ करिए और आज शनि मंदिर में आप लोग दर्शन करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार आईक्वायर्स कुंभ राशि देखिए कुंभ राशि के जात आज का दिन हर लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा किसी यात्रा पर यदि जाने की सोच रहे हैं तो इसमें आज आपकी संभावना बनेगी और यात्रा आपके लिए सफल रहेगी यात्राओं से आज आपको धन प्राप्ति के योग दिखाई पड़ रहे हैं भाई बहनों के साथ आज आपका समय काफ़ी अच्छा बीतेगा कुल मिलाकर के आज भाग्य आपका बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेगा साथ करेगा आज आप लोग विरोधियों के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहिएगा वो कहते हैं ना कि जो हिडेन शत्रु होते हैं हिडेनी होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं अपने सहकर्मियों का सहयोग आज आपको कार्यक्षेत्र में आपको सम्मान दिलाएगा आज एक्वायर्स कुंभ राशि के जातक अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग सुंदर कांड का पाठ करिए था आज आप लोगों को हनुमान जी के दर्शन करने रहेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो अंतिम राशि पर चलते हैं। हमारी अंतिम राशि आती आती है पाइसिस मीन राशि मीन राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए मिला असर देगा परिवार में सुख शांति रहेगी अच्छे भोजन का आनंद लेंगे प्रातः से ही लंबी दूरी की यात्राओं का योग है किसी पार्टी में किसी शादी के वैवाहिक जो है जो पार्टी है इसमें आप लोग प्रतिभाग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन आज चोट लगने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं निजी प्रयासों से धन अर्जन में आज मीन राशि के जातकों को सफलता प्राप्त होगी संतान का सुख एवं सहयोग आज आप लोगों को बेहतर मिलेगा विद्यार्थियों को आज बेहतर नतीजे हासिल होंगे दांपत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव रह सकता है जीवन साथी की सहायता से मान सम्मान आज, आज आपको प्राप्त होगा उपाय के तौर पर आज आपको आज आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ कीजिए व महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आज आप लोग जाप कर लीजिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा रहेगा आज के दिन पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा रहेगा अंक सात तो दर्शकों कैसा लगा हमारा राशिफल का ये कार्यक्रम हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए रविवार आप लोग हमको रात में जो है लाइव देख सकते हैं 10 से 11 बजे तक की आप लोग अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार